गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि आलोकन एकेडमी आपके भविष्य को लेकर के पूरी तरह से चिंतित है और आपकी जो भविष्य से, से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो केवल प्रतियोगी परीक्षाओं तक सीमित नहीं होने चाहिए आपको अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा नहीं कर रहा है इन सब के बारे में भी जानना चाहिए और आज इसी संदर्भ में इसी आलोक में आलोकन अकेडमी एक बार फिर आप सब के सामने एक नई चीज़ लेकर के आ रही है और वो है 200 पॉइंट रोस्टर ये 200 पॉइंट रोस्टर की कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है ये कहानी लगभग एक डेढ़ साल पुरानी है और ये 200 पॉइंट रोस्टर सबसे पहले चर्चा में तब आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पॉइंट रोस्टर को खारिज करते हुए थर्टीन पॉइंट रोस्टर की व्यवस्था को फिर से लागू करने की व्यवस्था दी निर्णय दिया और उसके बाद पूरे देश में एक बवाल मच गया एक हंगामा हो गया और एस सी एस के लोग सड़कों पर आ गए और उनको लगने लगा कि उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके जो संवैधानिक अधिकार उनके पुरखों ने उनकी पुरखोती ने जो दिए हुए हैं उनको कोई खतरे में डाल रहा है वो खतरे में पड़ रहे हैं और उन्होंने उस दिन उस चीज़ को सरकार में बैठे रहनुमाओं को पहली बार एहसास कराया कि अगर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग मिलकर के अपने हितों के लिए मिलकर के अपने हितों के संदर्भ में कोई बात करना चाहता है कोई आवाज़ उठाना चाहता है तो वह आवाज़ दूर तक लग जाएगी दूर तक जाएगी और उसी आवाज़ को उसी आवाज़ को एक बार फिर से आपके कानों से निकालने के लिए आपके जहन में डालने के लिए आलोकन अकेडमी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच में आई है ये ज़रूर है कि आलोकन अकेडमी जिस राह पे चल रही है वो राह उसके लिए भी कठिन है और किसी एक वर्ग के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म को यूज करना वो खतरों से खेलना जैसा है और हम खतरों से खेलने के लिए तैयार है क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है हमारा जो उद्देश्य है वो मिशन है और मिशन में है किसी की परवाह नहीं की जाती है तो आज हम बात करेंगे 200 पॉइंट रोस्टर की के बारे में और ये जो 200 पॉइंट रोस्टर है इसके कई सारे तकनीकी पहलू हैं इन तकनीकी पहलुओं में आप बात करेंगे कैसे 200 पॉइंट रोस्टर प्रभाव में आया कैसे दो पॉइंट रोस्टर को लागू किया जाता है कैसे दो पॉइंट रोस्टर का रजिस्टर बनाया जाता है और कैसे 200 पॉइंटर के पॉइंट के रोस्टर रजिस्टर को बनाने के लिए कठिनाइयां आ रही हैं मैं खुद एक राजस्थान की सबसे जो ख्याति नाम जो यूनिवर्सिटी है उसकी सिंडिकेट का मेम्बर हूँ उस नाते में देख रहा हूँ मैं बीइंग ए सिंडिकेट मेम्बर उस रोस्टर को बनाने में जितनी जद्दोजहद कर रहा हूँ जितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ वो तो दूसरे लोग जो उस व्यवस्थाओं से उस प्रशासन से जुड़े हुए नहीं हैं तो वो उस रोस्टरों को कैसे संधारित कर सकते हैं कैसे उनका निर्धारण कर सकते हैं कैसे उन्हें बना सकते हैं तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे मैं सिर्फ आपसे एक निवेदन के साथ इस बात को शुरुआत करूंगा और मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि ये जो कहानी में जो इधर वाला जो ट्विस्ट है ये कहानी आज, आज आज आपके सामने जो लाई गई है उसके पीछे की ये कहानी है वो कहानी है दो जो रोस्टर है उसकी कहानी को हर एक बहुजन को बहुजन का मतलब एस टी एस माइनॉरिटी के लोगों को तक पहुंचानी है उनके कानों तक पहुंचानी है उनके ज़ेहन में डालनी है ताकि वो अच्छे बुरे का जो है निर्णय कर सकें आगे बढ़ सके और इसी को इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने महान कवि दुष्यंत की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात कुछ शुरुआत करूँगा और आप सब जानते हैं उनकी ये जो मशहूर जो पंक्तियाँ हैं काव्य पंक्तियाँ हैं ये आप जानते हैं ये किन के लिए कही गई है ये आप जैसे सोए हुए लोगों के लिए कही गई है ये आप जैसे दड़बों में दबे हुए लोगों के लिए कही गई है और ये कहानी है हो गई पीर पर्वत सी पराई पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए आपने दीवारें तो हिला दी डेढ़ साल पहले पर वो जो जो चीज़ आपको करनी चाहिए थी वो बुनियाद जो आपको हिलानी चाहिए थी वो बुनियाद आपने अभी तक नहीं हिलाई और उसी का खामियाजा आप भुगत रहे हैं हर सड़क पर हर गली में हर नगर में हर गांव में आत लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए और जो आप लाशों में जो तब्दील हो चुके हैं आपके हकों के ऊपर जो दूसरे लोग राज कर रहे हैं उन उन उन हक़ों को आपको समझना होगा उन चीज़ों को आपको समझना होगा कि कौन आपका अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा सिर्फ अंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और जो आप सोए हुए हैं उनकी सूरत मुझे बदलने के लिए मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए ये बात वस्तु तो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपने डेढ़ साल पहले एक आंदोलन किया था सड़कों पर आप आए थे पर उसका परिणाम क्या हुआ आज भी जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था में मैं हूँ जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो व्यवस्था में जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं आप यकीन करेंगे आप ढूंढ करके लाएंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ओबीसी का एक भी प्रोफेसर नहीं है आप ढूंढ के लाएंगे एससी एसटी के जो है गिने चुने जो है मुझे लगता है आ आठ दस प्रोफेसर तीनों कैटेगरीज के, के मिला करके तो फिर ये जो व्यवस्था आप कैसे बदल सकते हैं इस व्यवस्था में मेरे पास रोज़ बी सीओ फोन आते हैं सर मेरे साथ ये हो गया मेरी थीसिस जमा नहीं हो रही है मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है मुझे ये हो गया मुझे प्रैक्टिकल में मार्क्स कम मिले अरे ये कोई ये व्यवस्था जो है ये व्यवस्था क्यों है ये व्यवस्था इसलिए है कि आपके जो लोग हैं आपके जो लोग वहाँ जहाँ जिन सीटों पे होने चाहिए जिन पोजिशन पर होने चाहिए जिन उहदों पर होने चाहिए वो नहीं है क्योंकि जब आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आएंगे जब प्रशासन से जुड़े हुए पहलुओं की स्थिति में आप नहीं आएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें भुगतनी भी पड़ेंगी और इसके परिणाम आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को भुगतने होंगे मैं आपके सामने जो चीज़ लेकर के आया हूं, उसकी जो बुनियाद है ये बुनियाद हमें कोई किसी ने भीख में नहीं दिया ये बुनियाद हमें संविधान ने दी है और वो संविधान जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल मुंडा जी जैसे वीरों ने स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई कैसे लड़ी वो शायद वो आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो वो संसद की जो लाइब्रेरीज़ में रखा है या दूसरी लाइब्रेरीज़ में जो चीज़ें रखी है उनको शायद आपका सरोकार नहीं है क्योंकि आपके सरोकार आगे बढ़ चुके हैं आपका सरोकार जो है वो स्वार्थ में तब्दील हो चुके हैं उन स्वार्थी तत्वों को आप अगर जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके लिए यही हालात बनेंगे ऐसे ही हालात आपके लिए बनाए जाएँगे और उसको फिर आप एक एक याचक की तरह एक दीनहीन की तरह उसको आप सहन करने के सिवा आपके पास शायद कोई और दूसरी चार्ज नहीं नहीं रहेगी मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर जयपाल मुंडा जी ने ये जो बौद्धिक कौशल से संविधान में जो आपको आरक्षण दिया ये आरक्षण आपको किस रूप में दिया ये आरक्षण आपको प्रतिनिधित्व के रूप में दिया मैं बार बार जब भी इस पर बात करता हूँ तो मैं आपके सामने हर बार यही कहता हूं कि ये जो व्यवस्था थी ये जो व्यवस्था थी ये प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी जिसको जातिवादी लोगों ने जाति के जो चलाने वाले जो लोग हैं जाति की जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं उसने उसको आरक्षण में तब्दील कर दिया आरक्षण क्या होता है आरक्षण होता है किसी चीज़ को पैसा दे करके खरीदना क्या आपने अपनी पोजिशन को पैसा दे करके खरीदा है आपको रिप्रेजेंटेशन मिला आप आपका रिप्रेजेंटेशन का मतलब है आप जिस ओ कम्युनिटी से जिस एस कम्युनिटी से जिस ऐसी कम्युनिटी से आप वहाँ से आए हैं जहाँ तक चलकर तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती कि आप पे टू सोसाइटी वापस दें कि मुझे मैं ओबीसी का हक खा रहा हूँ तो मेरे जो दो ओबीसी के जो दूसरे भाई हैं उनको रोकने के लिए उनको आगे लाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं में मैं शामिल हूँ और जब तक आप शामिल नहीं होंगे तब तक ये व्यवस्थाएँ आपको कुचलती रहेंगी इसमें सबसे बड़ी जो बात थी जो बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल मुंडा जी ने इसमें जो, जो जिस व्यवस्था पर प्रहार किया वो व्यवस्था थी जातिवाद की व्यवस्था उनका जो प्रहार है वो जातिवाद पे सबसे था और वो जातिवाद पे जो व्यवस्था पर जो उन्होंने जो प्रहार किया वो इतना प्रहार प्रहार इतना घातक और इतना इतना असहनीय था कि उससे ये जातिवादी लोग जातिवादी व्यवस्था को बढ़ाने वाले लोग तिल उठे और वो वो तीखी जो चुबन थी उससे उससे उसने जो है बहुजनों के लिए एक रास्ता निकाला बहुजनों के लिए एक रास्ता खोजा पर वो बहुजन शायद ऐसा आराम में कहीं डूब गए कहीं खो गए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और जयपाल मुंडा जी ने कहा तुम्हारे ये जो दीन दुबले चेहरे देखकर और करुणाजनक वाणी सुनकर मेरा हृदय फटता है अनेक युगों से तुम गुलामी के गर्द में पिस रहे हो गल रहे हो सड़ रहे हो और फिर भी तुम यही सोचते हो कि तुम्हारी ये दुर्गति देव निर्मित है ईश्वर के संकेत के अनुसार ये बाबा साहब अम्बेडकर करने एक जीवन जिया और जीने, जीवन जीने के साथ साथ जो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों से निकल करके आपके लिए सब कुछ किया इवन बाबा साहब ने अपने मरते हुए बच्चों को भी आपके लिए कुर्बान किया पर आपने बाबा साहब के लिए क्या किया ये आप अपने बारे में खुद जानते हो बाबा साहब ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कई बार अपने भाषणों में कहा कि तुम अपनी माँ के गर्भ में क्यों नहीं मर गए बाबा साहब अंत में 1956 में जो आगरा का उनका जो भाषण था या पुणे में जो बौद्ध धर्म को जो अपनाया था वो जो भाषण था वो आप पढ़ेंगे तो वो बाबा साहब इतने दुखी थे मैंने एक दिन मैंने कल पर सोफल सोशल मीडिया पर भी डाला है कि बाबा साहब दुखी क्यों थे बाबा साहब दुखी उनके उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा कि मुझे मेरे पढ़े हुए लोगों ने धोखा दिया वो पढ़े हुए लोग कौन है आप हम हम जो व्यवस्था में है जो जो प्रतिनिधित्व के रूप में आरक्षण का लाभ लेकर के कहीं कहीं किसी ऑफिस में यूनिवर्सिटीज में स्कूल में कॉलेज में बैठे हुए हैं उनके लिए वो कहना चाहते हैं तुम अपनी माँ के घर में मर क्यों नहीं गए कम से कम धरा को बोझ तो नहीं सहना पड़ता प्रतिनिधित्व की दुर्दशा और बहुजनों के मुरझाए चेहरों से बाबा साहब की ये बात आज भी सच साबित हो रही है पर ये ये जो चीज़ है ये चीज़ इसको शायद कोई समझने वाला इसको कोई इसका कोई आकलन करने वाला इसका कोई आत्मनिरीक्षण करने वाला इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम कह सकते हैं वो करने वाला कोई नहीं है कोई अपने गिरेबा में नहीं जाग रहा है सब ये देख रहे हैं कि मेरे हिस्से की लड़ाई कोई लड़े तो ऐसे हिस्से की लड़ाई लड़ते लड़ते तो आप गर्त में चले जाओगे तब शायद कोई आपको लिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए शायद कोई दूसरा बाबा सब आएगा आखिर में बात क्या है बात सबसे बड़ी जो है वो ये है और उसके लिए आप हम सब दोषी हैं आखिरकार बहुजनों को साफ क्यों सूंघ गया क्या बहुजन इतने निर्दयी हैं क्या इतने ऐसा ही है जो उस जमाने में उन्होंने जो सहन किया वो आज भी सहने के लिए तैयार है और आखिरी ये उनकी जो कुंभकर्णी जो नींद है ये खुलेगी कब टूटेगी ये एक यक्ष प्रश्न है ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको शायद कचोटता नहीं है बल्कि एक प्रश्न ऐसा है जो आपको कचोटना चाहिए जिसके बारे में आपको तय जाना चाहिए अब शायद इन सब चीज़ों के पीछे की जो कहानी है वो आपने भोगी नहीं है वो आपके पुरखों ने भोगी है तो शायद आपने अपने पुरखों से भी अपने एक दूरी बना ली है एक डिस्टेंस बना ली है और आप लोग स्मार्ट हो गए जब मनुवादियों और प्रतिनिधित्व के विरोधी मानसिकताओं द्वारा सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा शायद आज बहुजन युवा वर्ग नहीं जानता कि जब देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में बन रहा था तब सामाजिक न्याय को रोकने के लिए क्या क्या कानूनों को बनाने की एक षड्यंत्र चल रहा था आपने ये ये कभी नहीं सोचा ये कभी जानने की कोशिश नहीं की और अगर ये जानने की कोशिश की होती ये सोचा होता तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते जो आप जिन दिनों में जी रहे हैं उसी कड़ी में सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए जातिगत आरक्षण ऐसी के लिए समाज के वंचित और जंगलों में रहने वाले कठिन परिस्थितियों में रहने वाली जातियों के क्षेत्र के आधार पर अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण और बाद में तमाम जो वि, विरोधी मानसिकता हैं उन सबको जो है दरकिनार करते हुए जयपाल मुंडा जी और बाबा साहब ने जो है ओबीसी के जो रिजर्वेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म तैयार किया जो जो संविधान में जो व्यवस्था की उसके बाद ही मंडल कमीशन उन्नीस में आया और मंडल कमीशन के माध्यम से आपको सबको आरक्षण के दायरे में लाया गया पर वो शायद आप वो सारी चीज़ों को भूल रहे हैं आप ये सारी चीज़ों को क्यों भूल रहे हैं इसके पीछे की कहानी को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कहानियाँ आएँ ये पर्दे के पीछे की क्यों क्यों चली गई हैं क्योंकि वो इसलिए चली गई है कि आप अपने हितों के लिए जागरूक नहीं है आप अपने लिए शायद आपके लिए पास समय नहीं है आपके पास समय उन चीज़ों के लिए है जो आपके जीवन के लिए उतनी जरूरी नहीं है जितनी की होनी चाहिए आप देखेंगे संविधान निर् निर्माताओं ने क्रमिक असमानता की जो छः जो जातियाँ थीं इस देश में एक आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना अपने आप में एक कठिन काम था उस स्थिति में आपको एक सर्वश्रेष्ठ जो व्यवस्था थी लोकतंत्र की वो लोकतंत्र की व्यवस्था आपके पुरखों ने आपको दी पर शायद आप उस, आपने उसका सम्मान नहीं किया इसलिए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र के निर्माण में वंचितों को, ओ, को देश के संसाधनों में हिस्सेदार बनाने के लिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको जो आरक्षण है वो भीख में नहीं दिया गया है और आरक्षण आप ये भी समझ लें कि आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन का कोई जरिया नहीं है माध्यम नहीं है आरक्षण में जो आपको जो हिस्सेदारी जो दी गई है वो संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और उसके जो विभिन्न जो प्रावधान है उसमें दी गई है अनुच्छेद 335 में दी गई है 340 में दी गई है, में दी गई है 341 में दी गई है 342 में दी गई है और ये उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें इसमें आरक्षण को आपको संविधानिक रूप से दिया गया है पर शायद आप उसकी कदर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी अहमियत आप शायद समझ नहीं रहे इनी प्रावधानों के आधार पर आरक्षण के प्रावधान किए गए जिसके तहत बहुजन दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया लेकिन एस सी एस के प्रतिनिधित्व को लागू करने के लिए को लेकर देश भर के विश्वविद्यालयों में मनोवाद का दबाव और सत्ता पक्ष की मिली भगत से अड़ंगेबाजी करते रहे ये शायद आप नहीं जानते हैं मैं उस व्यवस्था को देखता हूँ मैं उस व्यवस्था से लड़ता हूँ इसलिए शायद वो व्यवस्था के बारे में मैं जानता हूँ और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि वो व्यवस्था इतनी घातक है जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो आप ये समझ रहे होंगे आप ये जान रहे होंगे कि जो आरक्षण की जो व्यवस्था है ये आपको शायद बिना कुछ किए ही मिल जाएगी उतनी बलमनसात का उतनी सहृदयता का ज़माना इस समय में नहीं है सब लोग फरेवी हैं सब लोग दगेबाज हैं सब के मन में एक ग्रंथि पैदा हो गई है और वो ग्रंथि कभी दिखाई देती है कभी नहीं दिखाई देती है और आप अगर सच मानो तो जो एससी, एसटी, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो अगर मैं हायर एजुकेशन के सेक्टर की बात करूँ तो वो केवल कागजों की शोभा बनकर के रह गया है और इसके अलावा वो कुछ नहीं है अगर वो कागजों की शोभा नहीं होता तो शायद आज गिनने को उंगुलियों के के पौरों पर गुनने के लिए एस सी के ऑफिसर्स ओ के जो प्रोफेसर्स हैं वो जो जो, जो, जो केंद्रीय शिक्षण संस्थाएं हो या राज्य की शिक्षण संस्थाएं हो उसमें ये जो चीज़ें हैं वो शायद नहीं होती आप सब जानते हैं इसका परिणाम क्या रहा इसका परिणाम रहा दलित आदिवासी और पिछड़ों को रिजर्वेशन विश्वविद्यालयों में मैच कागज़ की शोभा बनकर रह गया क्योंकि आप सोए हुए हों आपको आप चिर निंद्रा में इसलिए सोए हुए हों कि शायद आपको एक संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई वो आरक्षण से आपको नौकरियां मिल जाएंगी यही हाल मंडल कमीशन की संस्कृतियों के आधार पर हुआ आपका क्या था आपकी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कितना था आपको रिजर्वेशन कितना दिया गया आज सुप्रीम कोर्ट के और जो दूसरी तरीके के जो बयान आ रहे हैं जो जो बयान आ रहे हैं जो भाषणबाजियों में जो आप सुनते हैं उनकी मंशा को क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपको आपकी जो पॉपुलेशन पो, थी उस पॉपुलेशन के हिसाब से आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया है और जब रिजर्वेशन नहीं दिया गया बाकी आपको 50% परसेंट छोड़ दिया गया तो क्या उसमें आपको वरीयता मेरिट के आधार पर आपको जगह मिल रही है नहीं मिल रही है पर आपको शायद ये बात में समझ में आएगा आधार पर लागू किए ओ रिजर्वेशन का क्या हाल रहा आप सब जानते हैं विश्वविद्यालयों में लंबे समय से अपनी स्वायत्ता का हवाला देकर प्रतिनिधित्व को लागू करने से मना करते रहे और सारा का सारा जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें एक ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं जो आपको शायद कोई भी अधिकार कोई भी हक को नहीं देना चाहते हैं लेकिन जब सामाजिक राजनीतिक और कानूनी दबाव बनने लगा तो उन्होंने प्रतिनिधित्व को लागू करने के लिए हामी तो भरी पर आधे अधूरे मन से भरी इसमें तमाम ऐसी चालबाजियाँ कर दी जिससे ये प्रभावी ढंग से लागू ना हो पाए और इसीलिए वे 200 पॉइंट रोस्टर को लागू होने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि बैकलॉग के पदों पर बहुजनों की नियुक्तियाँ होनी है और यदि आप अब की बार सवर्ण का, कामयाब हो गए तो आने वाले 500 वर्षों तक आर, आरक्षितों को कोई नौकरी देने वाला नहीं है ये व्यवस्था को आपको समझना होगा ये व्यवस्था क्या है ये दौर एक दौर ऐसा था जब आपके रिजर्वेशन की जो पोजिशंस थी उस समय की जो पोजिशंस को जो है दूसरे लोगों के द्वारा एक्वायर कर लिया गया दूसरे लोगों के द्वारा अथिया लिया गया पर वो लोग सत्तर के दशक के बाद जैसे जैसे रिटायर होने लगे तो वो पोस्ट वापस खाली हुई तो वापस जब खाली हुई तो आपको उसके अगेंस्ट में बैकलॉग मिलना था उस बैकलॉग को और आपके जो करंट जो रिजर्वेशन है उन दोनों को जो आपको न दिया जाए इसके लिए कई सारे षडयंत्र जो है वो रचे जाने लगे साजिशें जो है होने लगी और इन साजिशों को आप देखेंगे तो इन साजिशों के पीछे की जो कहानी है उसको समझेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक निर्णय आता है जिसमें 200 पॉइंट रोस्टर के के बदले 13 पॉइंट जो रोस्टर है उसको लागू करने की बात कही जाती है और ये जो 13 पॉइंट जो रोस्टर है इसको लागू करने के की बात के साथ साथ इस फैसले से पहले ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों की जो पदों की जो भर्तियां हैं वो पूरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को इकाई मानकर जो आरंभ हो चुकी थी जिसके लिए हमने 2012 में जो यूपीए की जो सेकेंड टर्म की जो सरकार थी उसमें हमने दिल्ली में रहते हुए लड़ाई लड़ी और 2012 में यूनिवर्सिटी को यूनिट मान करके यूनिवर्सिटी को इकाई मान करके लार्जेस्ट लार्जेस्ट यूनिट को इकाई मान करके हमने रिजर्वेशन की मांग उठाई और उसके बाद उस सरकार ने लागू किया उस सरकार ने जो लागू किया उसके पीछे आप सब जानते हैं कि जो जो जो जो देश में जो सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें आपकी नुमाइंदगी कितनी है आपकी जो नुमाइंदगी जो है भी वो चापलूसी से बाहर कितनी निकल पाई है ये आपको आंकलन करना पड़ेगा मैं एक डेटा आपके सामने ले कर के आया हूँ उसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो आपको जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन आपको उन्नीस की जनसंख्या के आधार पर दिया गया अब दो है आप आप उसको आप अंदाजा लगाइए कितने साल हो चुके हैं लगभग 90 साल हो चुके हैं 90 साल में जो आपकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप जो है एसटी को साढ़े सात परसेंट एस को पंद्रह परसेंट ओ को चव... की जो जनसंख्या है वो चौवन परसेंट थी पर उनको जो रिजर्वेशन दिया वो 22 परसेंट दिया आरक्षण का जो प्रावधान किया उसी के अकॉर्डिंग साढ़े सात परसेंट और उसमें जो हिस्सेदारी आपकी जो उच्च शिक्षा में है एसटी की जो हिस्सेदारी है वो दो पॉइंट बारह परसेंट है एस की हिस्सेदारी सात परसेंट है ओबीसी की हिस्सेदारी पाँच परसेंट है और बाकी जिनको रिजर्वेशन नहीं है जो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं वो पिचासी परसेंट रिजर्वेशन लिए हुए ये आपको समझना चाहिए ये आपके लिए डेटा जो आपको आईना दिखाने के लिए ज़रूरी है अब दूसरी तरफ देखेंगे तो जो तेरह पॉइंट जो रोस्टर रजिस्ट्री की जब बात कर रहे हैं तेरह पॉइंट रोस्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था ने आपको जो व्यवस्था दी है उसमें एस के लिए साढ़े सात परसेंट ये परसेंट आपका बनता है और आपका चौदहवा पद आता है तो ये आप बताइए जब तेरह पॉइंट का जो रोस्टर है तो ये चौदहवा पॉइंट कहाँ से आपके लिए जनरेट होगा ये एस की कहानी है दूसरी आप देखिए एससी की कहानी है यह पंद्रह है पंद्रह में उनका जो हिस्सा जो है छ का आता है और सातवा पद आता है क्या आपको मिल रहा है ओ को देखिए ओबीसी का सत्ताईस परसेंट है सत्ताईस परसेंट को इससे वो करेंगे तो हर तीन पॉइंट सेवन जीरो का जो उसका डेटा आता है उसको भी चौथे स्थान पर दाखिल दिया गया है ये जो पॉइंट जो तीन का जो हिस्सा है ये पॉइंट तीन का हिस्सा कौन खा रहा है और उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि ये जो सारी की सारी जो व्यवस्था है वो क्या ठीक से लागू हो रही है ये आपको व्यवस्था केवल आपको कागजों पे है इसलिए ये कागजों की शोभा बढ़ाने की स्थिति में पहुंच चुका है और इसके लिए आप, आप खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप देखेंगे तो इसके आगे की जो कहानी है वो और भी भयावह है और उसमें आपको कुछ चीज़ें जो है समझाने की कोशिश करेंगे वो कोशिश समझाने की ये है कि ये जो तेरह पॉइंट जो रोस्टर था जिसमें टोट बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, बहुत सारे षडयंत्र छुपे हुए थे उन षडयंत्रों को बेकना बे कर करके उन षडयंत्र सरींतर, षडयंत्रों पर विजय पा करके हम जैसे लोगों ने दिल्ली में इसके लिए आवाज़ उठाई और आपको आखिरकार 200 पॉइंट रोस्टर जिस की जो है बात हमने दो में लागू करवाई ये दो में जो हमने लागू करवाई उसको माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उसको बदलने की कोशिश की पर उसके आपकी ताकत की वजह से वो फिर से उसका एक ऑर्डिनेंस आया और इसमें एक से दो सौ पदों तक की जो रिजर्वेशन की जो बात है वो किन किन पदों पर होगा इसका क्रम ब्यौरा दिया है। होता है 2012 में हमने लंबी लड़ाई लड़ी जैसा मैं आपसे बता रहा था और सम्पन्न यू जो सरकार थी उस पर दबाव बना करके दो पॉइंट रोस्टर को हमने लागू सभी शिक्षण संस्थाओं में लागू करवाया और इसकी जो संविधानिक जो व्यवस्था थी इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन थी उसमें जो है इसको उसके बाद में जो मनोवादित सोच की जो मानसिकता थी उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से इसको बदल दिया दो अप्रैल अट्ठारह को देशव्यापी आंदोलन हुआ जिसमें आपती एक पहली बार इतिहास में एस सी एस टी के इस लड़ाई को लड़ने के लिए सड़कों पे आए और उसका आपको बहुत जल्दी उसका एक रिजल्ट मिला कि आपके लिए एक अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश में जो चीज़ें आपने जो केंद्र सरकार से मांगी और सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी उसके खिलाफ़ आपको ये सारी चीज़ें दी गई और ये दी गई तो इसके पीछे जो सरकार ने जो जो भी काम किया वो सिर्फ़ आपके प्रेशर में किया पर उसके बाद सरकार के नुमाइंदों के सरकार में बैठे हुए लोगों के जिस तरह के बयान आत आए चाहे वो जोधपुर का बयान हो चाहे वो पटना का बयान हो चाहे वो नागपुर के बयान हो चाहे वो दिल्ली में दिए हुए बयान हो मैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा वो कभी बाद में देखेंगे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन था उसको क्यों ऑनर किया वो इसलिए किया के कि केंद्र में बैठी हुई जो सरकार थी केंद्र में बैठी हुई सरकार में जो नुमाइंदे थे वो जो है वो आपको उस व्यवस्था को लागू होने देना चाहते थे और उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है कमजोर पैरवी की सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई और सरकार हार गई तो आपको जो है तेरह पॉइंट रोस्टर की तरफ धकेल दिया गया पर उसमें जो आपने सबसे बड़ी जो बात हुई उसमें आप अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे जो बड़ी बात थी वो ये थी कि जो तेरह पॉइंट जो रोस्टर था उसमें हमें जो वैकेंसी मिली उसमें जो है तीन पदों की वैकेंसी निकली तो आपको एक भी पद नहीं मिलेगा चौथे पद पे मिली तो ओबीसी को केवल एक पद मिल जाएगा और इस तरह से उन्होंने जो है पूरी व्यवस्था को बदल दिया और आप सातवें और चौदहवें नंबर के तो आप इंतज़ार करते करते दशक बीत गए आप सब जानते हैं कि जब कोई भी भर्ती निकलती है तो क्या होता है जैसे मान लीजिए पाँच सेंक्शन पोस्ट है पाँच सेंक्शन पोस्ट है तो वो व्यवस्थाएँ क्या करती है पहले दो निकालेंगी दो पर कोई रिजर्वेशन नहीं फिर एक निकालेंगी कोई रिजर्वेशन नहीं फिर दो निकालेंगी कोई रिजर्वेशन नहीं फिर एक निकालेंगी कोई रिजर्वेशन नहीं ऐसे करके वो तेरह क्या 130 तक पहुंच जाए तब भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला था इसके लिए इस व्यवस्था को बनाए मैं को एक एक कानूनी ढंग से उसको लागू करने के लिए एक कमेटी बनी और ये कमेटी बनी उस कमेटी ने प्रोफेसर काले जो एनयू के जो प्रोफेसर थे बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के वो वीसी बने बने उन, उनके उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और प्रोफेसर काले की जो कमेटी थी उस प्रोफेसर काले की कमेटी ने आपके हकों को ल, आपके हक़ों की जो लड़ाई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए एक एक एक रिकमेंडेशन दी और उसमें जो व्यवस्था थी उस पर मैं बात आपसे करूंगा पर उसकी पर बात करने से पहले मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं और वो बात यह है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज जजमेंट आया तो सरकार में बैठे हुए जो देवता लोग थे जिनको आप रोज़ पूछते हैं जो आपको पूछने की आदत पड़ चुकी है उन्होंने पुष्प वर्षा का आनंद लिया और उनकी जो अप्सराएं थी उन्होंने डांस किया और उन्होंने जश्न मनाया और आप देखते रहे ये व्यवस्था है जिस व्यवस्था को आप वोट दे करके जितवाते हैं आप वोट दे करके एक दूसरे अपना अपना जो आपसी पा जो पारिवारिक जो एक एक सामंजस्य है उसको तोड़ते हैं एक दूसरे से लड़ते हैं एक दूसरे की पार्टियों में बढ़ जाते हैं एक दूसरे नेताओं के पीछे लग जाते हैं और उसको आपको मिलता है तो क्या मिलता है मनुस्मृति को लागू करने का जो खुशी जो इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय के बाद हुई उसमें आप देखेंगे तो देवताओं ने खुश होकर प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट पर पुष्प वर्षा की अप्सरा ने डांस किया सरल भाषा में कही तो तेरह पोन्ट रोस्ट का जश्न मनाया गया पर संवैधनिक भाषा में इसके लिए चौथा पद ओ को सातवां पद एस को आठवां पद ओ को दिया जाएगा चौदहवा पद अगर डिपार्टमेंट में आता है तो वह एस को मिलेगा इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला था सारी की सारी पोजिशन जो जिस तरह से भरी गई वो आप सब सब जानते हैं अगर इस सिस्टम में पूरे संस्थान को यूनिट मारकर रिजर्वेशन लागू किया जाता तो तो भी 49.5 परसेंट जो रिजर्वेशन आपको दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक कानूनी सीमा तय की गई है उसके बाद भी अगर मान लो उसको लागू किया जाता तो अब तक जो है वो 10 परसेंट छवान आरक्षण कोर जो अलग से आपको लागू कर दिया आ, वो आरक्षण कहाँ से आया वो तो आपकी मेरिट का हिस्सा था पर आप नहीं बोले क्योंकि आप, आप आप बहुत बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय लोग हैं आप आप आप दूसरों के लिए लड़ते हैं वो उसका एक बानगी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के आधार पर दिया जाएगा उस फैसले ने जो है आपको फिर से एक बार ग़ुलामी की और धकेलने की कोशिश की पर फिर वो उसमें थोड़ा सा तो आप लाज बचा गए पर आपने क्या पाया वो देखिए वस्तुतः जो रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है उसको ये जो लोग हैं ये कैसे इसको अंदर खाने जो है प्रभावित करते हैं क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ और प्रोफेसर के नाते मुझे कई सारी व्यवस्थाओं में कई सारे डिसीजन मेकिंग में वो अनमान अनचाहे बिना उनकी मर्जी के मुझे एक बाध्यता के रूप में कभी कभी जाने का मौका मिलता है और जाने का मौका मिलता है तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए सुझाए हैं कि वो किस तरह की बेईमानियाँ किस तरह की जो है चालबाजियाँ अंदर ही अंदर करते हैं उनमें से देखिएगा इसके लिए तेरह पॉइंट का रोस्टर बनाया गया जो कि अच्छे से लागू नहीं हो तेरह पॉइंट के रोस्टर कहते हैं रिजर्वेशन का कोई ईमानदारी से लागू कर कर भी दिया जाए तो वास्तविक रिजर्वेशन 30 परसेंट के आसपास ही आता है और बाकी का 70 परसेंट तो वो आप वैसे ही उनको देने वाले हैं उनचास परसेंट में आपकी हिस्सेदारी वैसे बांध दी गई है और आपका जो पॉपुलेशन है वो 85 फाइव वैसे भी है तो इसको आप देखिए पहली बार क्या हुआ कि वो सबसे पहले करते हैं विभाग को इकाई मान करके रिजर्वेशन लागू करने का पहला षडयंत्र है आप देखिए विभाग की जो का साइज है विभाग का साइज वो है वो डिपेंड करता है कि वो आप उसको देखेंगे कि वो उस विभाग में जो शुकृत पदों की संख्या कितनी है आप इतने सालों से आप देख लीजिए जितने भी विभागों में शुकृत पदों की जो संख्या आती है वो सरकार से जो सेंक्शन होकर के आती है वो दो दो चार चार आती है कभी भी पांच से ज़्यादा नहीं आती है तो फिर वो जो व्यवस्था है उसको उसी तरह से भरते हैं एक एक दो दो पोस्ट निकाल करके भरते हैं ताकि आपको उसमें कोई आगे ना आने दिया जाए जैसे आरक्षण के विरुद्ध कोई निर्णय आता है तो सोई हुई जो सोए हुए जो लोग हैं वो रातों रात जग जाते हैं जैसे आपने देखा एस एट्रोसिटी एक्ट के बारे में निर्णय आया तो इलाज बाद में जो संगीन जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया गया और फिर बाद में उसके ऊपर एक दो महीने बाद डेढ़ महीने बाद संसद में कानून पारित हुआ उसके तब तक उनको सबको जेलों से भगा दिया तो ऐसे ऐसे ही वो आरक्षण को लागू जब करते हैं तो पदों को जब भरते हैं तो जैसे रिजर्वेशन के अगेंस्ट में किसी भी छोटी से छोटी अदालत का फैसला आएगा आता है और आया आया है तो इन्होंने रातों रात, रात भर्तियाँ निकाली रातों रात, रात अपॉइंटमेंट किए और आप सब देखते रह गए चुपचाप बैठे सरकारी विभाग के विश्वविद्यालय हरकत में आते हैं और जल्दी से जल्दी विज्ञापन निकालते हैं जिसमें रिजर्व पोस्ट या तो होते नहीं हैं या बहुत कम होते हैं और उनको जो है एन कर दिया जाता है नन फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है एक एक रिजर्व पद के लिए विशेष योग्यता जोड़ना ताकि उम्मीदवार ना मिले जो नए जो डिसिप्लिन जो आ रहे हैं उसमें आपकी विशेषज्ञता दे देंगे जैसे आपके लिए ओबीसी के लिए दे दिया कि ओबीसी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में, में होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में भी कोई उसका अंदरूनी कोई में, में वो जोड़ देंगे कि इसमें उसकी विशेषज्ञता अरे बायोटेक्नोलॉजी क्या बीएससी में ओबीसी के बच्चों ज़्यादा नहीं मिलेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ से मिलेंगे तो जहाँ मिलेंगे वो वहाँ नहीं देंगे पर जहाँ नहीं मिलेंगे वहाँ पे आपको एक टोकन के रूप में देने की कोशिश करेंगे और फिर उसको बाद में बदल देंगे नए नए को, कोर्सों में पदों को सृजित करने की जो कहानियाँ चलती है वो आप एस सी एस के उम्मीदवारों ना मिलें इसके लिए उनके षडयंत्र होते हैं विभागों को छोटा करना जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि मान लीजिए कोई विभाग है उसकी साइज बढ़ रही है तो वो क्या करते हैं उस विभाग को तोड़ देते हैं जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेकर के आया हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो है उसमें आप देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय में जो है कॉमर्स के तीन विभागों में बांटा गया है एक एबीएसटी है एक ई e है एक बीएडीएम है आप आप बताइए जब यू उसी कोर्स के लिए एक एक नेट जे का एग्जाम करवाती है एक ही उसे नेट जे होता है पूरे देश में नेट जर उसी से हो रहा है और तो फिर आपको इस तरह विभागों में क्यों तोड़ा जाता है विभागों में इसलिए तोड़ा जाता है ताकि विभाग का साइज छोटा हो जाए तो आपका तेरह पॉइंट का जो रोस्टर है वो वहीं पर उसमें जो के कंज्यूम हो जाए तो ऐसे इस तरह के वो तो करते हैं फिर आप अगर देखेंगे तो इंटरव्यूज में क्या होता है इंटरव्यूज में कौन बैठता है प्रोफेसर लोग बैठते हैं आपके कितने प्रोफेसर में गिनाई चुका हूँ आप आप जब आप इंटरव्यू में ही नहीं बैठे होंगे तो आपके हितों का संरक्षण करने वाला कौन होगा आपको हितों को कौन संरक्षित करेगा मैंने कई ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जो किस तरह से इंटरव्यू लिए जाते हैं और फिर हमने बाद में 2009 में एक एक व्यवस्था करवाई यूजीसी के माध्यम से क्योंकि उस टाइम पर जो है प्रोफेसर थोरोट जी यू चेयरमैन थे और जो चौहान साहब सेक्रेटरी थे तो हमने कहा कि भाई जो इंटरव्यू जो होते हैं जो कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यूज होते हैं उसमें एस टी एस का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ठीक है उन्होंने व्यवस्था कर दी सरकार की व्यवस्था हो गई शासन ने व्यवस्था कर दी आपके जो जो पालतू कुत्ते हैं पालतू चापलूस लोग हैं वो इंटरव्यू में उनको बुलाने लगे वो टीएडीए के लिए वो चाय का कप उनको मिल जाता है उसके लिए साइन करने लगे तो आपके आपके उसको कौन देखने वाला है तो ये जो व्यवस्थाएँ हैं ऐसी जो व्यवस्था है मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ऐसे इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया पर वस्तु स्थिति यही है साक्षात्कार बोर्डों में अधिकांश जो है वो संवर्ण विशेषज्ञ होते हैं चापलूस और लालचे आपके ऑब्जर्वर बिठा दिए जाते हैं और एनएफएस एफ एस किया करते हैं तो वो आराम से खुश हो करके साइन करते हैं कि भैया हाँ ठीक है एनएफएस कर दीजिए आप ऑब्जर्वर के होते हुए एनएफएस कैसे किया जा सकता है फिर उसके बाद पहले क्या था शुरू में ऑब्जर्वर बिठाने की जो बात हुई पर उसको बोटिंग राइड नहीं था सिलेक्शन कमेटी में फिर हमने दो में यूजीसी के ऊपर प्रेशर बनाया सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया और एस सी एस का जो रिप्रेजेंटेटिव जाता है ऑब्जर्वर जिसको आप बोलते हैं उसको भी वोटिंग राइट दिलवाए ताकि वो बोर्ड बोर्ड से ये कह सके भाई मेरा मेरा बोर्ड तो दूंगा फिर उसके बाद भी व्यवस्थाएं नहीं बदली उसके बाद अगर व्यवस्था बदलती तो रोहित बेमला जैसा दार्शनिक जो नौजवान है वो क्यों मरता तो ये जो व्यवस्था है इसके लिए आप सब जिम्मेदार हैं हम सब जिम्मेदार हैं हमारे जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो सारे लोग जिम्मेदार हैं ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं जिसको मैं इस संक्षिप्त से जो व्याख्यान में शामिल नहीं कर सकता पर आपके सामने कुछ बानगी के तौर पे चीज़ें लाया हूँ अन्य अनगिनत ऐसी मनवादी टेक्टिक्स अपनाई जाती है जिनको साक्षात्कार के समय देखा जा, जा सकता है परखा जा सकता है और जिनको मैंने प्रोफेसर उन्होंने के नाते बहुत नज़दीकी से देखा है ऐसी अनेक कानेक चाल, चाल का चालबाजियों का परिणाम होता है विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व रूपी आरक्षण या तो लागू नहीं होता और आरक्षित वर्ग की जो न्यूनतम सीटें मिलती है वो भी नहीं भरी जाती इसी तरह की नीतियों का परिणाम है कि आज विश्वविद्यालयों में आरक्षित समुदाय के प्रोफेसरों एसोसिएट प्रोफेसरों या तक कि असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत कम प्रतिनिधित्व है इसके बारे में अगले जो व्याख्यान है उसमें हम आपको डेटा लेकर के आएंगे जो हमने आर से निकलवाया है उसमें हम आपको बताएँगे आपकी पोजिशन क्या है वस्तुतः रिजर्वेशन का रोस्टर संधारण का एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसको जरिए नौकरियों में आरक्षण लागू किया जाता है लेकिन इसे संधारित या लागू करने में बेईमानी हो रही है और आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों के धर्जियाँ उड़ रही हैं सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोस्टर रजिस्टरों के, के संधारण के लिए जरूरी सामग्री पर मनवादी कुंडली मारकर बैठे हैं मैं खुद इसको महसूस कर रहा हूँ आरक्षित वर्ग के लोगों को एक्सपोजर नहीं है कि वो रोस्टर रजिस्टर कैसे बनता है उनको तो यही पता नहीं है कि उसको रोस्टर रजिस्टर को बनाया कैसे जाता है उनको तो एक और व्यवस्था है जो हमने लाइजन ऑफिसर की व्यवस्था की है एस टी एस के लिए लाइजन ऑफिसर्स बनाए वो लाइजन ऑफिसर्स को वो प्रेशर में लाकर के साइन करवा देते हैं कि तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा तुम इस पर साइन कर दो और वो उस पर साइन कर देते हैं ये सब डब्बू बनकर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि उनके हिस्से की लड़ाई कोई बाहरी व्यक्ति लड़ेगा उन्हें तो बस फायदा लेना है फिर और चिन्ह में सो जाना है वो जो लोग जो व्यवस्था में आ गए जो रिजर्वेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या दूसरे पदों पर आ गए वो ये सोच रहे हैं कि उनके लिए कोई बाहरी आदमी लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ने के बाद वो एसोसिएट या प्रोफेसर बन जाए पर वो अपनी कुर्सी से हिले नहीं वो अपने डिपार्टमेंट्स में किसी की सहायता ना करें वो पेवे टू सोसाइटी का जो मंत्र है उसको वैसे भी भूल चुके हैं और उसको पूर्णतः उसका निरादर करते हैं पर इसमें आप देखेंगे तो इसकी जो रजिस्टर रोस्टर रजिस्टर है रोस्टर रजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी और कब पड़ी सबसे पहले आप इसको देखेंगे तो जैसा मैंने आपको पहले पहले बताया था कि जो रोस्टर रजिस्टर की जो व्यवस्था है वो प्रोफेसर काले कमेटी के माध्यम से हमारे सामने आई प्रोफेसर काले कमेटी ने सबसे पहले हम लोगों के हितों की संरक्षा के लिए हितों के संरक्षण के लिए उस व्यवस्था को लाए और 2006 में उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी प्रतिनिधित्व को लागू करने के दौरान विश्वविद्यालय में नियुक्तियों का मामला केंद्र के तत्कालीन यूपीए सरकार के सामने आया ये ये, ये भी आपको सोचने के विषय है ये क्यों आया क्योंकि उस समय जो लालू प्रसाद जी जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने वाले लोग थे उन्होंने प्रेशर किया वो सरकार में साझीदार थे इस वजह से ये आया नहीं तो शायद उससे पहले भी अगर सरकार में बैठे हुए लोग लाना चाहते तो ला सकते थे क्योंकि इस बार प्रतिनिधित्व उस सरकार के समय में लागू हो रहा था जिसमें आर जे डी डी जैसी पार्टियाँ शामिल थी जो कि सामाजिक न्याय की पक्षधर रही हैं इसलिए पुराने खेल की गुंजाइश काफ़ी कम हो गई थी अतः केंद्र सरकार ने डीओपी मंत्रालय में यूजीसी के दिसंबर 2005 में एक पत्र लिख करके विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व लागू करने के लिए आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए कहा उस पत्र के अनुपालन में यूजीसी के तत्कालीन चेयरमैन प्रोफेसर वी एन राजशेखरन पिल्लई और प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर राव साहब काले जी काले जो कि बाद में गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति बनाए गए थे की अध्यक्षता में प्रतिनिधित्व लागू करने के लिए एक फार्मूला बनाने हेतु एक तीन समिति का गठन तीन दिवस सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिनमें कानूनविद जोश वर्गेस और यूजीसी के तत्कालीन सचिव आर के चौहान साहब थे जो कि मैंने आपको बताया कि उसी वजह से आपके जो जितनी भी व्यवस्थाएं लागू हुई वो तभी हुई प्रोफेसर काले समिति ने भारत सरकार के डी मंत्रालय को 2 जुलाई सत्तानवे की गाइडलाइन जो कि सुप्रीम कोर्ट के सब्बरवाल जजमेंट के आधार पर बनी है कोइल आधार मानकर 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने का एक सिफारिश दी और उसको सरकार ने माना पर ये सिफारिश जो थी वो सेंटर के जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट थे उनके लिए थी राज्यों में जो आरक्षण के लागू होने की जो व्यवस्था है वो दूसरी है वो उसके नोटिफिकेशन से है जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं राजस्थान की सत्ताईस यूनिवर्सिटीज़ में जो एस टी एस के रोस्ट रोस्टर रजिस्टर बनने हैं या उनका जो संधारण होना है या बैकलॉग का काउंटिंग होना है वो उन्नीस से होना है क्योंकि राजस्थान में जो रिजर्वेशन लागू करने का मुझे जो लेटेस्ट जो पत्र मिला है जो ऑफिस ऑर्डर मिला है वो उन्नीस सौ का है इसलिए हमने उस डेट को तह उन्नीस उसमें डेट में उस ऑर्डिनेंस में जो है कोई डेट नहीं दी गई है और ऐसी स्थिति में जब हम बात करते हैं जब किसी ऑर्डिनेंस में किसके उसके इम्प्लीमेंटेशन की डेट नहीं है, न, न, नहीं दर्शाई गई हो नहीं दी गई हो तो उस डे उस नोटिफिकेशन के इशू होने की डेट से ही वो लागू माना जाता है और उस स्थिति में हमने जो है उसको उन्नीस को मान कर उसके जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो रोस्टर की जो हम रजिस्टर बना रहे हैं उसमें उसी नियम के तहत हम उसको बना रहे हैं तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था है ये सत्यानवे में, में सेंटर की से, यूनिवर्सिटीज़ में लागू हुआ और स्टेट में उस कंसर्न डेट से हुआ जिसमें उस पर्टिकुलर स्टेट में उसको नोटिफाई किया गया है तो ये ध्यान देने की तकनीकी बात है इसको मैं जो दूसरा जो व्याख्यान है इसका सेकेंड पार्ट जो आएगा जिसमें हम तथ्यों के साथ आंकड़ों के साथ बात करेंगे उसमें इस चीज़ को आगे विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे अब सब एक एक, एक अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं अक्सर लोग मुझसे बा, बात करते हैं कि ये 200 पॉइंट रोस्टर और 100 पॉइंट रोस्टर में क्या फ़र्क है ये 100 पॉइंट रोस्टर क्यों नहीं है हमारे जानने वाले तो इतना भी नहीं जानते कि 100 पॉइंट और 200 पॉइंट में क्या फ़र्क है 13 और 40 की तो आप बाल छो, बात छोड़ दीजिए तो ये जो सौ और दो पॉइंट का जो रोस्टर है उसमें कोई तकनीकी कोई ज़्यादा वो नहीं है सिर्फ ये है सौ पॉइंट जो रोस्टर है उसमें क्या होता है जैसे मैंने आपको शुरू में जो टेबल्स दो बताई उसमें ओ का मैंने आपको बताया थ्री पॉइंट सेवन था तो तो जो पॉइंट तीन जीरो जो छूट रहा है उस पर किसन आप दो सौ पॉइंट में नहीं निकाल सकते हैं सत्ताईस परसेंट को आप सौ पॉइंट में नहीं निकाल सकते हैं इसलिए ऐसे ही एस का जो साढ़े है साढ़े को सौ पॉइंट में नहीं निकाल सकते हैं तो उसको डबल करके दो पॉइंट बनाया गया ताकि ओ का जो सत्ताईस परसेंट है वो भी बखूबी लागू हो जाए एसटी का जो साढ़े सात परसेंट है वो भी बखूबी लागू हो जाए और वो किस सूरत में लागू हो जाए उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ उसमें सबसे पहले यही है कि उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को के लेवल पे उसको लागू किया गया और उसमें जो है तीनों जो कॉर्डर है तीनों कोर्डर को जो है अलग अलग से रोजर रजिस्टर बनना है असिस्टेंट का अलग बनना है एसोसिएट का अलग बनना है प्रोफेसर का अलग बनना है ऐसे ही जो जो कार्डर है जैसे जो, जो नॉन टीचिंग के जो काडर है जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार के साथ साथ दूसरे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पे पे स्केल के जो है उनका एक एक ग्रुप बनना है दूसरे डीआर के जो ग्रुप बनना है वो डायरेक्ट गेंट से होता है तो उसका दूसरा ग्रुप बनना है ऐसे उसको उसकी उसी उसी स्लैब में ले ले जा करके उसको सेटल डाउन करना है तो ये तीन स्तर पर कैडर रोस्टर बनाने की सिफारिश समिति ने की और इसमें विभाग के बजाय विश्वविद्यालय और कॉलेज को यूनिट मान करके प्रतिनिधित्व लागू करने की बात की जैसे मैंने आपको पहले पिछले मेरे उसमें बताया अलग अलग विभागों में नियुक्त प्रोफेसरों की सैलरी और सेवा की शर्तों को भी एक ही होती है इसलिए समिति ने उनको एक कैडर बनाने की सिफारिश की जो मैं आपको कैडर बनाने की बात कह रहा हूँ वो यही है कि एक पे स्केल के जो हैं वो एक में रहेंगे दूसरे पे स्केल के दूसरे में रहेंगे ऐसे प्रोफेसर काले समिति ने रोस्टर को 100 पॉइंट मान करके 200 पॉइंट पर सेटल डाउन किया उसको बनाया क्योंकि एसटी के साढ़े सात परसेंट का प्रतिनिधित्व है और अगर ये रोस्टर सौ पॉइंट पर लागू बनता है तो एसटी की जो रिजर्वेशन की जो पोजीशन है वो साढ़े सात सौ पद देने होते हैं जो कि संभव नहीं है साढ़े सात पद कैसे दिए जा सकते हैं सौ में से इसलिए अगर उसको दो सौ कर देंगे तो साढ़े सात का डबल हो जाएगा पंद्रह तो आपको उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा अतः समिति ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओ बी सी को दिया क्रम से साढ़े 15 और 27 प्रतिशत प्रतिनिधित्व को दोगुना कर कर के और ये निकाल करके आया कि 200 प्रतिशत में एसटी का जो है वो 15 परसेंट हो जाएगा ओ बी का 30 हो जाएगा और ओबीसी का चौवन हो जाएगा तो वो बखूबी उसमें लागू हो जाएगा तो ये जो 100 और 200 के बीच की जो कहानी है वो ये है इसमें कोई ज़्यादा तकनीकी वो नहीं है इसको केवल समझने के लिए आपके यहाँ लाइक आपके लिए लेकर के आए आगे इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें पाते हैं कि यानी एक विद्या जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी में किसी में मान लीजिए 200 सीट है तो 200 सीट है तो वो उसमें जो आप उसको एस टी एस की जो क्रम संख्या है उसको जो है 15 तीस और चौवन की सीटें मिलेंगे जो कि उनके साढ़े सात और उसको जो है पूरा कर देंगे सीटों की संख्या का गणित सुझाने के बाद समिति के सामने ये समस्या आई कि ये कैसे निर्धारित किया जाएगी कि कौन सी सीट किस समुदाय को दी जाएगी इस पहेली को सुलझाने के लिए समिति ने हर सीट पर चारों वर्गों की हिस्सेदारी देखने का फार्मूला सुझाया, जिसमें फार्मूला क्या समझाया कि ये सुझाया कि जैसे एक डिपार्टमेंट में मान लीजिए सपोज़ चार चार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नौकरी है तो चार असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी है तो उसमें चार कैटेगरीज के, के चार लोग आ जाने चाहिए ऐसे उस यूनिवर्सिटी को यूनिट मान करके संभव था इसलिए वो यूनिवर्सिटी को यूनिट माना गया जैसे अगर किसी संस्था में केवल एक सीट है तो उसमें अनारक्षित वर्ग की पहली हिस्सेदारी 50.50 पॉइंट परसेंट की होगी ओबीसी की हिस्सेदारी 27 परसेंट की होगी एस की हिस्सेदारी 15 परसेंट की होगी एसटी की साढ़े सात की होगी क्योंकि इस विभाजन में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है इसलिए पहले सीट अनारक्षित को दी गई और अनारक्षित का मतलब ये भी है कि वो जो है वो ओपन है ये ओपन और जनरल का जो है वो कहानी है वो वस्तुतः जो है टेक्निकली ओपन सीट है पर उसके सामने जनरल और ओपन को उसके पर्यायवाची शब्दों के रूप में लिख दिया गया तो वो जनरल अपने आप को उसको अपना लिए मानने लगी जबकि ऐसा नहीं है वो ओपन फॉर ऑल है ओपन फॉर चारों कैटेगरीज है चारों कैटेगरीज में जो जो मेरिट के आधार पर अच्छा करेगा उसको वो सीट मिलेगी पहली सीट के अनारक्षित रखने का एक और लॉजिक यह भी है कि ये सीट सैद्धांतिक रूप से सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए खुली रहेगी और अगर ये बात अलग है कि धीरे धीरे ये माने जाने लगा कि अनारक्षित सीट का मतलब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण हुआ जो कि संवैधानिक रूप से गलत है क्योंकि वस्तुतः एस सी एस को उनकी वास्तविक संख्या के अनुपात के आरक्षण नहीं दिया गया जो मैं आपसे जो बात कर रहा था जिसमें मैं आपसे कह रहा था कि वो उसके पीछे जो देने की जो कहानी है वो ये है इसको अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें जो मुख्य जो बात है और इसमें जो काडर की जो बात की गई है का काडर की बात करने के पीछे की जो बात है उसमें अतः ऐसी सीटों पर सबका अधिकार होगा जो कि प्रतियोगिता और परिणाम का निर्धारण वर्टिकल रूम में तय हो प्रोफेसर काले समिति ने 200 सौ सीटों की कैटेगरी के, के अनुसार दो पॉइंट का रोस्टर तैयार किया उसे ही पॉइंट रोस्टर रजिस्टर कहा जाता है किंतु मेरा मानना है कि पहली पाँच सीटों का विवरण पहली दिव्यांग दूसरी एससी, तीसरी एसटी, चौथी ओबीसी, पांचवी ओपन कैटेगरी होनी चाहिए ताकि सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके और उसके बाद 200 पॉइंट रोस्टर के फार्मूलों के आधार पर सीटों का निर्धारण करने में 200 पॉइंट का नंबर आएगा और ये चार्ट बनाया जा सकता मेरा एक टेक्निकल इशू ये है मैं ये मानता हूँ और ये टेक्निकल रूप से वैसे भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि पहली सीट जो है वो ओपन कैटेगरी को दे दी जाती है तो इसके लिए मेरा जो सुझाव जो मैंने कई जगह पे दिया है वो देता हूँ वो ये कि पहली सीट जो है वो आप पीएच के लिए वी के लिए जो भी फिजिकली हैंडीकेप या दिव्यांग है या विजुअल हैंडीकेप्ट है उनके लिए रख दीजिए जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और वो हमारा एक एक दायित्व भी बनता है कि जो कमज़ोर वर्ग है सबसे अगर कमज़ोर वर्ग माना जाता है तो वो वही पीएच बीएच और उसकी कैटेगरी के, के माना जाता है इसलिए पहली सीट उनको दे दी जाए दूसरी सीट जो है वो ओ उसको दे दी जाए एससी को दे दी जाए क्योंकि एस, इस, इस पूरे देश के इतिहास में देखें तो सबसे ज़्यादा जो अगर दमन कहीं किसी का हुआ है तो वो एस का हुआ है उसको हम एक पारितोषिक के रूप में उसको हम एक न, न, न, न, न, न, न, न उसके रूप में मान करके उसको सीट दे दें चौथी तीसरी सीट एसटी को दे दें चौथी ओबीसी को दे दें और पांचवी ओपन को दे दें और ये जो है ये बाइनरी उसमें जो है इसको हम लागू करें एक के बाद एक बाइनरी जो स्टेज होती है उसमें इसको हम लागू करें तो ये और ज़्यादा साइंटिफिक और वैज्ञानिक हो सकता है तो इसके लिए भी हमारी कोशिश है इसके लिए भी हमने कई बार ऐसी कोशिश की है और आगे भी कोशिश कर रहे हैं इसके अनुसार आप देखेंगे प्रोफेसर काले समिति द्वारा तैयार रोस्टर के अनुसार किसी भी संस्था में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद कुल 200 सौ हैं तो मान लीजिए उनका जो बाइफ्रिकेशन होगा उनका जो वर्गीकरण होगा उनकी जो पोजिशनिंग होगी रोस्टर रजिस्टर में वो चार के अनुपात में होंगी जब तक कि ये बाइनरी व्यवस्था लागू नहीं होती है बाइनरी व्यवस्था अगर लागू हो जाती है तो ये बाद में बदल सकता है पर ओबीसी का जो रिजर्वेशन होगा वो चार आठ बारह सोलह इस इस अनुपात में जो है उसका जो है रिजर्वेशन आगे बढ़ता जाएगा और अंत में जो है ये सत्ताईस परसेंट हो जाए ऐसे ही जो दूसरी जो कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज के भी पॉइंट निर्धारित किए गए हैं जैसे एस के लिए सात पंद्रह बाईस सत्ताईस और ये काम फार्म वो दिया गया है एसटी के लिए चौदह अट्ठाईस चालीस पचपन उनहत्तर अस्सी पचानवे ये दिया गया है अब इसमें सबसे बड़ी जो बात हुई जो काले प्रोफेसर काले समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें एक विवाद आया और विवाद की वजह क्या थी इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आगे की जो मेरी जो इसकी जो कंटिन्यूस जो क्लास होगी उस क्लास में ये जो है बार बार आपको ये ना लगे कि ये ऐसा क्यों हुआ था काले समिति द्वारा बनाए गए इस रोस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा निकाली जा रही नियुक्तियों में आरक्षित पदों की सीटों को चोरी को लगभग नामों नामुमकिन बना दिया ऐसा सिस्टम बना दिया साइंटिफिक सिस्टम बना दिया रोस्टर रजिस्टर बन गया सेंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में आ गया रिजर्वेशन की पोजिशन आ गई जब सारी की चीज व्यवस्था चाक चौबंद हो गई चारों तरफ से बंद हो गई तो फिर लोगों को लगने लगा कि ये तो हमारे जो हम जो सदियों से जो बेईमानी करते आ रहे हैं उस बेईमानी का क्या होगा तो उन्होंने इसका एक विरोध उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसका एक विरोध शुरू कर दिया और उसकी वजह से उन पोस्टों को उन्होंने भरने नहीं दिया इसने यह तय कर दिया कि आने वाला पद किस समुदाय के कोटे में भरा भरा जाना है इस बी एच, इलाहाबाद डीयू, यू शांति निकेतन बी अधिकांश विश्वविद्यालय में इस तरह के रोस्टर के खिलाफ हो गए सारे की सारे जो बड़ी यूनिवर्सिटीज थी वो खिलाफ हो गई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये रोस्टर एस सी के सत्त्यानवे और ओ के दो लागू करने से माना जाना था साथ ही एस सी के बैकलॉग को भी देना था मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में दो में अपने आरक्षण लागू किया है लेकिन उसने उसके बाद भी किसी एस टी एस को नियुक्त नहीं किया तो ऐसी सूरत में उस विश्वविद्यालय में 2005 के बाद नियुक्त हुए सभी असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की सीनियोरिटी के अनुसार तीन अलग अलग काडर बनाने पड़ेंगे और जब तीन अलग अलग काडर बनाने पड़ेंगे तो उनकी जो व्यवस्था जिसमें वो जी रहे वो व्यवस्था उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इसी वो जो है उसका विरोध करते रहे इसके अलावा इसकी जो दूसरी जो वजह थी उसमें आप मान लीजिए अगर उस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर में अब तक तियालीस लोगों की नियुक्ति हुई जिसमें कोई भी एस एसटी ओबीसी नहीं है तो उसमें रोस्टर के अनुसार उस विश्वविद्यालय में अगले 11 पद वो है वो ओ को जाएंगे 6 पद एस को जाएंगे 3 पद एसटी को जाएंगे तो वो उन्हीं से भरेंगे तो उन, उ, उनके जो लोग हैं वो क्या करेंगे जैसे कि अभी कुछ दिनों बाद जो है एक राजस्थान में भी होने वाला है और जब तक आरक्षित वर्ग नहीं भरे भरे जाएंगे तब तक उस विश्वविद्यालय में कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अनारक्षित पदों की नियुक्ति नहीं होगी ये प्रोफेसर थोड़ाट के समय ये हुआ कि उन्होंने कई कॉलेजेज का दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेज़ की ऐड रोक दी ग्रांट रोक दी और उनको पैसा नहीं दिया सैलरी देने के लाले पड़ गए तब जा के उन्होंने उस व्यवस्था को पोस्टरों के तहत जो है उसको वो करके वेरीफाई करवा करके पोस्टें निकाली तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इन्होंने क्या किया इन, इन इस मानसिकता के लोगों ने इसके सारे जो चोर दरवाजे बंद होने के बाद इस व्यवस्था को भरा नहीं और अब भरा नहीं तो वो कहती है प्रकृति सबके साथ न्याय करती है इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय आया आपने जो ताक़त दिखाई तो वो जो 200 पॉइंट रोस्टर है वो खाली जितनी भी जो खाली सीटें हैं उस पर लागू हो गया और लागू होने के बाद अब इनको जो है लेने के देने पड़ रहे हैं पर उसके लिए आपकी जागरूकता ज़रूरी है जिसको वे आरक्षण विरोधी मानसिकताओं के जजों कुलपतियों न्यायालयों के माध्यम से भरना चाहते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो आए थे निर्णय वो इसी की परिणीति थे वो इसी का एक वो थे परिणाम स्वरूप कई विश्वविद्यालयों ने तो रोस्टर बनाने से इनकार कर दिया ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अपने प्रतिनिधित्व में सिर्फ कागज पर ही लागू किया और इसलिए रोस्टर के आने के बाद पूरी तरह फंस गए और अब फड़फड़ा रहे तो और अगर आप लोग जागरूक हो गए आपकी निंद्रा टूट गई आप नींद से जाग गए तो ये आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है पर आप जब सोते रहेंगे तो सो, सो सोने से तो कोई भी आपको जगाने वाला नहीं मिलेगा आपको मैं आखिरी पढ़ाव पर कुछ चीज़ें और इसमें डिस्कस करना चाहता हूँ जिसमें जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालयों के सत्तर के दशक में जो नौकरियों पर जो लोग लगे हैं जिन्होंने आपका कब्जा कर लिया है जो मैंने बताया आपको कि सत्त्यानवे वो 2006 और उन्नीस से जो पहले जो नौकरी लगे हैं उन्होंने जो है वो सारी जनरल कम्यूनिटी के ओपर कैटेगरी के लोग आ गए हैं तो जो रिजर्वेशन के जो पोस्ट हैं उनके खाली होने के बाद बैकलॉग में जाएंगे रिसाइकिल में और जब वो रिसाइकिल में बैकलॉग में जाएंगे तो वो जो है अब जो सत्तर का जो दशक है अभी जो उन्नीस के बाद जो वो रिटायर हुए हैं वो वैकेंसी जब तक तो खाली चल रही थी अब तक तो उन पर जो है रे, रे, रेवड़ियाँ बांटी जा रही थी पर अब जब व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है तो अब उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को वो आप नींद से जग करके ही बचा सकते हैं क्योंकि वो लोग रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होने के बाद वो खाली हो रही हैं तो वो जो है वो बैकलॉग बे, जो है उसको भरना है तो उस बैकलॉग को भरेंगे तो वो आपका नंबर आएगा साथ ही चूँकि नया पद अनारक्षित वर्ग के लिए तब नहीं था निकाल नहीं सकते थे जब तक पुराना बैकलॉग ना भरा जाए ऐसे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और पी एच यू का और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के रोस्टर के विरुद्ध होने का एक प्रमुख कारण है उन्होंने विभाग स्तर पर रोस्टर लागू करने की मांग की इन विश्वविद्यालयों ने 200 पॉइंट रोस्टर जब लागू करने से मना कर दिया तो यूजीसी के तत्कालीन चेयरमैन सुखदेव थोराड़जी और राव साहब काले की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी जिसके बारे में मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रधान फंड रोक दिया गया प्रधानमंत्री कार्यालय का के हस्तक्षेप बा... के बाद और अंडरटेकिंग के बाद वो फंड जारी हुआ और उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है कई सारी जो वैकेंसीज पर जो है लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ और ये जो है जैसे जैसे अपॉइंटमेंट होते गए तो इनका पारा चढ़ता गया और विरोध भी परवान पर चढ़ता रहा पर आ, आपके ऊपर आपके सेहत पर कोई कोई फर्क नहीं पड़ा आप तब भी सो रहे थे आप अब भी सो रहे हैं और आगे भी सोते रहेंगे तो फिर चिड़िया चुग जाएगी खेत को तो फिर पछता होत वो क्या आखिर में जो है आप देखिए इन्होंने क्या किया है अभी जो व्यवस्था है ये जो व्यवस्था है वो आप सब जानते हैं आपके बोटों से ये व्यवस्था जी रही है ये सरकार आपके बोटों से बनती है क्योंकि आप धर्म बने हैं और ये सरकार आने के बाद आरक्षण विरोधियों और आरएसएस के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो गए हैं और वो जो है आपके सारे हक छीन लेना चाहते हैं इसी बीच 2014 में आम चुनाव के बाद केंद्र में जो सरकार की मेहरबानियों की वजह से विश्वविद्यालयों में नियामक जो संस्थाएँ यू जी और जो जो थे दो पॉइंट रोस्टर का विरोध तबका प्रमुख स्थानों पर विराजमान हो गया था बदले में प्रशासनिक माहौल में ये रोस्टर इलाहाबाद हाई कोर्ट को चैलेंज किया गया व्यवस्था पहले से बिठाई गई होगी और ये सारी की सारी व्यवस्था के बाद निर्णय आया और फिर बाद में निर्णय के बाद आपने जो किया उसका आपको आधा तो रिजल्ट मिल गया पर आधा रिजल्ट अभी मिलना है और जब आपको जब ये पूरा रिजल्ट मिल जाएगा तो शायद आपको कुछ मिलने की उम्मीदें आएंगी परंतु तो ये देखना है कि क्या केंद्र सरकार इस मामले में ये जो बातें हैं वो सारी हो गई हैं इसमें जो है वो सामाजिक न्याय की जो बात थी वो सारी हो गई है पर आखिर में ये यह यही है कि अब हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कोई और व्यवस्था बनाए कोई और निर्णय आए कोई सरकार की या दूसरे लोगों की कोई दूसरी और एक चीज़ आए उससे पहले आप नींद से जाग जाएँ और नींद से जाग करके और जो कानून जो बना है जो दो पॉइंट रोस्टर की जो बात जो चल रही है उस दो पॉइंट रोस्टर के तहत आपका जो है अपॉइंटमेंट हो जाए ताकि वंचित वर्गों के जो सत्तर सालों से जो सामाजिक अन्याय हो रहा था उसे रोका जा सके और वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय मिल सके ये जो था मेरी एक पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि बताने का जो एक उद्देश्य था वो उस उद्देश्य से मैं आपके सामने आया था अब इससे जुड़ी हुई इस परिस्थितियों के बाद की जो स्थिति बनी है जो डेटाज में आप कहाँ स्टेंड करते हैं आपकी किस यूनिवर्सिटी में किस पोजीशन की क्या स्थिति बनी हुई है आपकी रोस्टर रजिस्टर की क्या पोजीशन है आपको मैं बताऊं? राजस्थान में 27 राज्य की जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें किसी में भी आज की तारीख़ में रोस्टर रजिस्टर नहीं बना हुआ है और हमारे जो लोग हैं वो इतने अनभिग हैं कि वो रोस्टर रजिस्टर बनाने की जो बेसिक जो जानकारियाँ हैं वो भी उनके पास नहीं है मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं बहुत सारे लोगों को मैं सहयोग भी करता हूँ पर वो अपनी इच्छा के अनुसार मेरे पास आते हैं होता क्या है एक बार आए मैंने डेटा का ये पेपर चाहिए फिर वो दो महीने गायब हो जाएंगे फिर बाद में दो महीने बाद सुविधा के अनुसार आएंगे मैंने पूछा क्या हुआ यार इतने दिन से कहा थे अरे वो मेरे ये काम आ गया था मेरे वो का वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत कारणों से व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए उसमें कुछ सक्रिय हैं बाकी का जो कम्यूनिटी जो इंटरेस्ट है वो अभी भी किल हो रहा है तो वो कम्युनिटी इंटरेस्ट स्किल नहीं हो उसी और आपको जगाने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आपके सामने एकदम क्लियर कट पिक्चर लाने के लिए ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा आगे भी हम इसको आपके साथ, के पास लाते रहेंगे आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप आलोकन एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उसमें जो है आपको जो है पहले से उसकी सूचना मिल सके धन्यवाद